तुम दिल चुराते हो ये तो बात है तो चार घरे मिल के यू को तो सदम पहली मुलाकात है ए, ए, ए, क्यों क्या जताते हो क्यों क्या जताते हो ये तो गलत बात है तुमसे हमारे अभी तो सनम पहली मुलाकात